जनाब उमर का नाम सिर्फ काम नहीं हजरते उमर का नाम इनकलाब बर्पा कर देता है उमर का नाम कुफर के एवानों में जबर जुल शिर की वादियों में जब हजरत उमर का नाम भी लिया जाए तो बईमान कापना शुरू हो जाते हजरत उम्र फारूक रदी अल्लाह त हजरत उमर मामूली शख्स नहीं मामूली याद भी नहीं कुछ लोग सदियों के बाद पैदा होते और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही बार पैदा होते हैं उन जैसा दूसरा पैदा होता ही नहीं दूसरा उन तरह का पैदा होता ही हजरत उम्र रदी अल्लाह तैसी शख्सियात पैदा ही नहीं होती दोबारा सारे से आबाद दर रिसाल आप पे खुद आए ये वो अजीम शख्स है जिसे अल्लाह के महबूब ने अल्लाह से मांग के लिया का मुझे दे दे अल्लाह से मांग के लिया इसलिए सूफिया कहते हैं कुछ मुरीद होते हैं कुछ मुराद होते हैं कुछ मुरीद होते हैं कुछ मुराद होते हैं मुरीद वो होता है जो चल के आता है आ के मुरीद होता है मुराद वो होता है जिसे कहा जाता है कि ये कभी मेरा बन जाए ना ये कभी आ जाए ना मेरा बन जाए उसको मुराद कहते हैं। हजरत उमर मुस्तफ़ा करीम की मुराद हैं, हुजूर की मुराद हैं। अल्लाह आय्ज इस्लाम बे इस्लाम उमर इबन खताब ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे मेरे उमर को कलमा पढ़ने की तोफ़ी कता फरमा दे और कैसे दुआ मांगी वो यार हजरत उम्र की तो इस फजीलत का ही कोई जवाब नहीं दे सकता मेरे रसूल पाक अली सब के लिए ही दुआ मांगते है नजूर की दुआ लेकिन मुस्तफ़ा करीब ने काबे का गुलाब थाम लिया और गुलाफ काबा को सीने से निपटाया और सीने से चिमटा के का ए, मैंने तो कभी सवाल ही ज्यादा नहीं किए मैं करने आया हूँ मुझे उम्र दे दे उम्र दे दे हजूर ने मांग के लिया और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से कि हजरत उमर रदी अल्लाह तला योम शहादत है मेरा तो दिल करता था कि फजर से बातें शुरू हो और सारा दिन ही उम्र की बातें होती रहे सारा दिन जनाब उमर की बातें सारा दिन इसलिए कि जिक्र जनाब उमर का होगा पर राजी अल्लाह के रसूल होंगे सल्लाह सल हो तो जाग के बैठे खुश होके बैठे हमारे यहां मनाया ही नहीं जाता बाबे अल्लाह की तसु कता ते मुंडे जनवरी फरवरी तो इस्लामी साल भी गया और वो तारीखें भी सारी गई यकम मुहर्रम उम्मत मुस्लिम के लिए बहुत बड़ा दिन है बहुत बड़ा दिन ये शहादत है फारूक की रदी अल्लाह तहाँ छोटी छोटी बातों पर गवर्नमेंट छुट्टी करती फिरती है छोटी छोटी बातों अलेक्शन हो गया तो छुट्टी फलां जगह पे थोड़ा सा किसी ने खबर दे दी कि कोई परेशानी है तो छुट्टी फलां जगह जी हो गया तो छुट्टी यहां तक के फलां वजीर साहब फला इलाके में आएंगे तो सारे इलाके को छुट्टी और अब तो इससे बड़ा हाल होने लगा है अगर जिन लोगों की सिंध में हुकूमत है उनके लीडर का दिन आया तो उस दिन छुट्टी और जिनकी पंजाब में हुकूमत है उनका दिन आया तो छुट्टी हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम महर्रम को छुट्टी किया करो अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम महर्रम को छुट्टी करो जनाब उमर के दिन और मिल्लत के जवानों को बताओ कि अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो उस तरह जियो जिस तरह फारूक आजम जी के गए हैं इज्जत और वकार की जिंदगी जमूरीत हजरत उम्र से सीखनी पड़ेगी करने के तरीके हजरत उमर से रिया को सीखना पड़ेगा कि अमीर किस तरह बनाया जाता है और अमीर किस तरह के होते हैं यहाँ लोग हमें यूरोप की मिसालें देते हैं लोग यहाँ हमें आकर के अमेरिका के मिसाल उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान तो मैंने कहा वो साइकिल पर जाता है मेरे उम्र फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए पैदल ही और जनाब उम्र फारूक रजी अल्लाह तुम ईद की, की नमाज पढ़ाने गए ईद की नमाज ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए और इस इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो कौन सा गरीब है जो मस्जिद नंगे पांव जाता हो लोगों ने तो तीन किस्म की चप्पलें रखी हुई है। हैं एक मस्जिद जाने की लैदा है घर पहनने की अलहदा है शादी ब्याह पे जाने की चप्पल लैदा है हजरत उम्र फारूक रजियाल्लाह तु निकले ईद का खुतबा देने के लिए तो बीवी से कहने लगे जूता उसने कहा साहब इतनी दफा टूटा है अब गांठा नहीं जा सकता इतनी दफा टूटा है कि अब दोबारा पेमंद नहीं लग सकते तो उमर कहने लगे चल कोई अर्ज नहीं बगैर जूते के नंगे पैर ही चलते हैं कोई अर्ज तो कहने लगे लोग क्या कहेंगे फिर चुप कर लोग जिस दिन उम्र ने यह देख लिया ना लोग उसके बारे में क्या कहते हैं उस दिन उमर उम्र नहीं रहेगा तो कहा आपका नजरिया क्या है फरमाया मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में क्या कहते हैं लोगों का क्या है लोग कल किसी के बारे में कुछ कहते हैं और परसों कुछ कहते हैं। मेरा नजरिया ये है कि रब रसूल मेरे बारे में नंगे पैर उमर जा रहे हैं कौन जी मैं बड़ा माड़ा अच्छा जनाब क्या क्या गुर्बत है दस किस्म के जोड़े लटके हुए हैं कम, कमरे में और पहनने की फुर्सत नहीं सवेरे क्या पहनना है शाम क्या पहनना है पंद्रह पंद्रह सूट कट्ठे स्त्री होके लॉन्ड्री वाला भेज रहा है और तू गरीब है तू बहुत बड़ा गरीब है इसलिए कि गुर्बत पैसों की वजह से नहीं होती गुर्बत तो दिल की होती है तू वाकई बड़ा गरीब है और तू गरीब ही रहेगा अमीर तो उम्र फारूक थे उम्र फारूक थे जो नंगे पाओ चले गए ईद की नमाज पढ़ाने तो रस्ते में जो मिला करने लगो उम्र जूता तो पहन लो फरमाया तुम्हें उम्र का जूता ना पहनने का नक्स तो नजर आया है कोई नहीं पढ़ाई लौट आए भाई यहाँ तो हमारा बनाव शिंगार उतरना जितनी तवज्जो कपड़ो की तरफ है इतनी तवज्जो कभी हमारी इल्म की तरफ होती ना जितना शौक शौक हमारा बनाओ सिंगार, के जानिब है। इतना बनाओ सिंगार कभी है की जानबा बनाओ सिंगारा की जानब होता तो जिंदगी को तरतीब दिया। दिया। खिलाफत नहीं मांगी अल्लाह से हजरत औफ बिन माली है हजरते बिन मालक हैं जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा मैंने खाब में जनाबी उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रस्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता किसके रस्ते में बोले सारे इसका मतलब है अल्लाह के रस्ते में लोग बुरा भला भी पुराने मजीद ने कबलाम कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह लोग तो परवाह नहीं करते आप यकीन करें अगर अगर परवाह शुरू हो जाए ना तो दीन का काम खत्म हो जाए ना कोई तकरीर करे ना कोई तदरीस करे ना कोई पीरी मुरीदी करे खत्म हो जाए अगर बातों की परवाह लेकिन वो परवाह हजरतिन मालक जी कहते हैं मैंने खाब में देखा कि उमर वो है जो किसी की परवाह और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उम्र खलीफा बनेगा और तीसरी बात मैंने ख्वाब ने यह देखी कि उम्र शहीद भी किया जाएगा उमर शहीद भी होगा ये मैंने तीन बातें में बातेंजरत उम्र फारूक को आके बैठे खाब शुरू हुआ का एक बात तो मैंने यह देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते दूसरा आप खलीफा बनेगे जनाब उमर कहने लगे चुप कर अबू बकर के सामने कह रहा है चुप कर खलीफा के सामने कह रहा है तो बकर कहने लगे उमर इसे कहने दो मुझे लगता है रब की रजा यही है की यही कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले, तो कहने दो, कहने दो। यहाँ तो लोग ढींगे मारते हैं यहाँ तो लोग दावे करते हैं मेरे सामने फलाने को भी बिठाओ फलाने को भी बिठाओ उसको क्या पता इसको क्या पता ये तो बड़के मारने का दौर है हजरत उमर नों को तीसरी बात कही हजरत ने कहा अब शहीद किए जाएंगे मैंने खाब देखी है नेक लोगों की खाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं कहा मैंने ख्वाब देखी है तो हजरत उम्र कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं शहीद तो दलैर जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहे हैं कहते हैं शहीद तो मैं मैं तो काहिल हूं, हूं, मैं तो इतना काम ही नहीं करता तो ये ये तूने जो ठीक देखा है ना फिर से देखना तो बकर से फरमाने लगे न कर। इनके सारी न कर तू तो जो कह रहा है, ठीक कह रहा है लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है अफसोस इस बात का तेरा जैसा बतले अजीम चला जाएगा और शुक्र इस बात का की रब तुझे जिंदगी भी एजाद वाली देगा और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा तुझे जैसी मौत अल्लाह अल्ला। यहां तो इस जमाने का सबसे बड़ा मस, मसला प्रोटोकॉल है लोगों पता होता है कामिल पीर है कामिल मुर्शद है, लोग नहीं जाते मैं किसी का मुरीद हो जाऊ मेरा प्रोटोकॉल किधर गया पता होता है ये कामिल उस्ताद है मैं इसके पास बैठूंगा तो मेरी तरबियत करेगा लेकिन लोग शागि नहीं बनते मैं मैं किधर गई ये प्रोटोकॉल की मुसीबत है ना इसने बड़े बड़े लोग जीरो कर दिए बड़े बड़े लोग और ये मत समझे कि आपका वजी अजम प्रोटोकॉल लेता है या आपका सदर प्रोटोकॉल वजाराल ऐसी कोई बात नहीं हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल है हमारा तो दामाद भी कहता है कि मुझे पूछा नहीं मैं तुम्हारे घर क्यों आऊ हमारा तो भाई हर हर शख्स ऐलान करता है प्रोटोकॉल का फलाने ने इज्जत नहीं दी तो वापस आ जाओ फलाने ने सलूट नहीं किया तो वापस आ जाओ लोग जहां सलूट करना चाहिए वहां भी सलूट कराने के कायल पर हजरत उमर रदी अल्लाह तजरत उम्र की सादगी और फिर जनाब उमर की आजी जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना सवार कर लेता है मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली यार ने नजर जो की अक्सर सोचता हूँ जहां भी कहा ना फरमाया मेरे पास नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते हु ने फरमाया उम्र जिस रास्ते से जाता है शैतान व रास्ता बदल जाता है नबी पाकल्म ने फरमाया मेरा उम्र वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है फरमाया साढ़े नौ सौ साल हजरत जबरील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती साढ़े नौ सौ साल जबरील अजमत बयान करे तो खत्म नहीं होती ये बात है हजरत उम्र की और फरमाया उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है ये शान है अब उम्र फारूक रदी अल्लाह तुकी हजूर ने फरमाया मेरे बार नबी होते तो उम्र होते जिस गली से उमर आए शैतान रस्ता बदल जाए मेरे उम्र फारूक किशान साढ़े नौ साल बयान हो तो खत्म ना हो उमर की जुबान पर अल्लाह बयान करता है जो उमर कहता है वही रब कर देता है हजूर सारी जिंदगी फजीलते बयान करते रहे उमर जवाब में क्या कहते हैं कोई बताए ना कि ये वाले दीशे कभी उम्र ने भी रवायत की हो कि हजूर ने मेरे बारे में ये ये कहा है ये रवायतें वो रवायत नहीं करते उनसे जब लोग कहते उम्र तेरी बड़ी बात है तो उम्र रो पड़ते कहते मैं मैं तो तो ऊंट ऊंट चराने वाले बाप का बेटा मेरी ड्यूटी होती थी संभाले नहीं जाते थे अब्बा डंडों से मारता था सारी जिंदगी उम्रे आज करने गए एक खुश्क तना खजूर का उम्र फारूक रदी अल्लाह तक उसको अपने कलावे में लिया रोने लगे लोगों ने कहा उम्र क्या हुआ फरमाने लगे यहां मैं ऊंट चराया करता था यहां मैं ऊंट चराता था दस ऊंट संभाले नहीं जाते थे देखो रसूलुल्लाह की शान आज सारी उम्र चलाने का तरीका आता फरमा दिया है सारी नजरिए से प्यार यार पैसा किसको बुरा लगता है आप जिस आदमी की पचास करोड़ की प्रॉपर्टी है उसको पूछे सबसे गरीब आपको वही नजर आएगा वो कहेगा मैं टाइट हूं हालात बढ़े मैं कई बार पूछे उन्होंने तर्जुमा भी दस छड़ो की हमें तो समझ नहीं आती और टाइट हालात कौन से होते हैं जी जिस आदमी का करोड़ों में कारोबार है ना उसको आप छेड़े वो रोने लग जाएगा रोने तो कई मैंने ऐसे देखे किराए का मकान है उनसे पूछे साहब क्या हाल है तो कहते हैं जितनी अल्लाह ने शान वाली जिंदगी हमें अता की या किसी को नहीं दी हुई इसका मतलब है खुशी भी यही है और गम भी यही अंदर से खुशी है अंदर से ही तूने अगर राजी रहना दुनिया उम्र फारूक से कहना है नबी तो तो पाक के जमाने में तो जायरन गुर्बत थी अबू बकर के दौर में भी गुर्बत थी अब तो बड़ा माल है उम्र से सिफारिश करो कि उम्र नया कुर्ता पहना करे मुल्कों के सफीर आते उम्र वही फटी पुरानी चादर ओढ़ के और वही कई जगह पे बंद लगे सूट पहन के सफी सामने बैठ जाता है उम्र को मशवरा दो तय हो गई बात सब ने जब मशुरा दे लिया तो सारे कहने लगे ये बताओ शेर की मूछ को हाथ कौन लगाएगा कहना किसने है बंदा भी तो ढूंढो ना कहा जनाब मेरा यह ख्याल है कि मौला अली शेर खुदा कहेंगे क्योंकि जिस शख्स की उम्र को सबसे ज्यादा हया करते देखा वो शेर खुदा मौला अली है रदी अल्लाह अली कहेंगे इसलिए कि जनाब अली तो कई दफा जब गुफ्तू करते थे तो हजरत उम्र चुप कर जाते थे और फरमाते थे अली ना होता तो मैं हलाक हो जाता तो क्या अली से कहो जनाब अली शेर खुदा को बुलाया किस काम के लिए जी अल्लाह अकबर ये जरा अपने इस दौर पर इस बात को जरा लाका जनाब उनसे कहें कि ज्यादा नहीं एक कुर्ता नया पहन ले सफीर आते हैं वजीर आते हैं तो एक कुर्ता नया पहन ले हजरत अली को बुलाया फरमाने लगे कोई और बात होती तो मैं कह देता ये वाली मैं नहीं कह सकता कोई और होती तो मैं मैं उम्र को कई दफा कह देता हूं जलाल में भी तो सुन ये वाली मैं नहीं कह सकता मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं कबो क्या कहने लगे सैयद आशा सिद्दीका से कहो तो मोमिनों की माँ है उम्र टालेगा नहीं अम्मा जी से जाके कहा अम्मा जी नया कुर्ता उमर से कहीं पहन ले वजीर आते हैं बड़े बड़े लोग तो चलो कोई अर्ज नहीं अम्मा जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं मैं बुला लेती हूँ जनाबे आयशा ने पेगाम भेजा जब खादम ने कहा ना मुस्तफा के घर से पेगाम आया है तो बीसियों लोग बैठे थे उमर कांपते हुए उठे कांपते दौड़े हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत याद की हालत में बैठ गए कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में कहा नहीं टाइम पे आ गए हो किस लिए बुलाया था का उम्र देखो गर्बत के मामलात और होते हैं जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज़ इस्तेमाल करना हराम नहीं होती अगर आराम है तो बताओ का नहीं अम्मा जी हल हाल ही है तो फरमाया फिर इतने सफ़ीर आते हैं मुशीर आते हैं अब तो मालिक गनीमत बड़ा आता है ढेर लग जाते हैं मस्जिद तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर तो सियाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उम्र चुप कर गए गर्दन झोंक गई थोड़ी देर के बाद सयुदना उम्रे फारूक ने सार उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे रो पड़े कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी जैसे हुक्म करती हो मैं आजरू पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। अगर ये रंग रसूले पाक का है तो मैं हजरूर तो करते तो तो मैं मैंने कहा उम्र आप जाइए उम्र यूं निकले तो जो सियाबा खड़े थे वो कोने में थे सारे आ गए कामा जी क्या बनाओ फरमाया भाई तुम सब जो बातें कहते हो वो अपनी जगह ठीक है पर उमर जो बात करता है वो सबसे ज्यादा ठीक है उमर जिस पहलू पर बात करता है वो यार ऐसी आज जी, ऐसा रंग ऐसा अंदाज ऐसा तर्ज हयात ऐसी जिंदगी औलाद के मामले में लोग बुजदिल हो जाते हैं बुजदिल पर हजरत उमर का बेटा मिसर गया वहां से कमाई करके लाया तजारत करने गया लाखों का माल कौन सा बाप है दुनिया में जिसका बेटा बाहर से पैसे लेके आए तो अब्बा तफसील पूछे के बेटा कहाँ से कमाए कहां से लाया कितने मिले क्यों आए कौन सा बाप तफसी अब्बा तो कहता है ला सही और तरीफे करता है मेरा बेटा बड़ी कमाई करता है कभी पूछा उससे ड्यूटी सही देता है कि नहीं कभी पूछे तू तो ईमानदारी की रोजी लाता है कि हराम की कमाता है ये बाप की जिम्मेदारी है ये अम्मा की जिम्मेदारी है फिर कहता है बीमारी कैसे आ गई परेशानी कैसे आ गई तूने कभी सवाल किया अपनी औलाद से हजरत उम्र फारूक का बेटा मिस्र से पैसे कमा के लाया तो जनाबे उमर ने बुलाया फरमाया बेटे इतनी तो तेरे पास राश ही नहीं थी थोड़े से तो तू पैसे लेके गया था इतनी कमाई कैसे हो गई इतने तो पैसे नहीं थे साहब कहां से कमाई लाए उसने काब्बा जी वो जो मेरे चचा है ना मिस्र के गवर्नर आपके दोस्त उन्होंने मेरी मदद की है फरमा जितने लोग गए थे सबकी की है मदद उसने कहा नहीं सिर्फ मेरी की फरमाया तेरी क्यों की तेरी क्यों की कहा हुजूर आपके दोस्त है फरमाया चुप कर हुजूर उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए मैंने कारोबार में डाले तो नफा आया तो मैं उनकी रकम देके, फरमाया खामोश हो जा बाकी जितने लोग गए थे सबकी मदद की उसने कहा नहीं हुजूर सिर्फ मेरी की फर उसने तेरी मदद नहीं की उसने खलीफा के बेटे की मदद की इसलिए कि वो खलीफा को अपने हक में नरम कर सके फरमाया आधा माल तेरा है आधा माले गनीमत का है माले खजाना का है मुसलमानों का है इसलिए तू जो वहां से माल कमा के लाया है वो अपने बाप के खलीफा होने की वजह से कमा के लाया है लिहाजा रख इधर यहाँ कहते हैं किधर से आया कैसे आया कौन सा हिसाब दें क्या करें ओ भाई हजरत उम्र रज्लाह का अपनी औलाद के बारे में ये रंग है एक जंग से ना खुशबू आई खुशबू बड़ी महंगी होती थी अरब में खुशबू आज भी बड़ी महंगी है इस्तेमाल करते हैं मेरी बातों की समझ आ रही है खुशबू थी जब वो खुशबू आई तो हजरत उम्र ने कहा घर में पहले पहुंची हजरत उम्र के चूंकि ज्यादा औरतें इस्तेमाल करती थी घर के अंदर खुशबू मर्द भी लगाते थे हजरत उम्र ने अपनी बीवी से कहा आपकी जौजा जो थी वो बड़ी बड़ी खुशबू को पसंद करती थी हजरत उम्र ने अपनी जौजा से कहा कि खुशबू लाओ मैंने एक औरत की ड्यूटी लगाई है वो खुशबू तोल तोल के ना तो भाई भईसा बराबर श्याबा में बांट देगी तो आपकी करने लगी किसी बीबी की ड्यूटी लगाने की क्या ज़रूरत थी मैं जो मौजूद थी मैं बांट देती हूं तोल के भाई भैसा बराबर आपने फरमाया नहीं तू रहने दे तो फलानी बीबी बांटेगी हुई बांटनी है मेरे पे कुछ हक के आपने फरमाया नहीं फसील ना पूछ तू खुशबू दे दे कोई और बांटेगी खातू ने खाना थी ना कहने लगी नहीं मुझे भी आज, आज आपको बताना ही पड़ेगा निकल गई हजरत उमर फरमाने लगे जब तू खुशबू बांटेगी ना तेरे हाथों को भी लगेगी तेरे दुबटों को भी लग जाएगी अगर रब करीम ने मुझसे सवाल पूछा कि उमर खुशबू तो मुसलमानों की थी तेरी बीवी के दुबट्टे को क्यों लग गई तो अल्लाह के हजूर क्या जवाब दूंगा अगर अल्लाह ने यह सवाल किया कि तेरी बीवी तो तो तो कि हो। कि होने की वजह से अल्लाह मुझे जन्नता फरमा देगा तेरी जोजा होने की बरकत से भाई ये मेार रखा की कसम ऐसा शख्स तारीख में दोबारा नहीं आया इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा आदमी और फिर रंग यह है कि उम्र बाईस लाख मुरबा मील का हुक्स लाख और खजूर के दरख्त के नीचे मट्टी का ढेला लेके सो गए हैं परवाही कोई नहीं कोई मसला ही नहीं दो गुलाम साथ बैठे तो एक रोटी हजरत उमर ने घर से मंगवाई थोड़ा सा सिर का तो गुलाम कहने लगे हमने भी खानी है कोई अर्ज नहीं रोटी को पेट भर के खाना जरूरी तो नहीं तीन हिस्सों में बांट लेते आदमी आया हुआ था अमृतसर का रहने वाला मिलने के लिए उसने पूछा उम्र किधर है तो कबो उधर जाओ मस्जिद में बैठे होंगे और वापस आया तो कहने लगा वहां तो तीन गुलाम बैठे एक रोटी बांट बांट के खा रहे है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं मिली आ, तीन गुलाम तो कोई नहीं वहां दो ही थे तीसरे तो मिरलमो में नहीं थे उसने कहा नहीं नहीं तीनों गुलाम हैं कपड़े भी एक तरह के पहने हुए बल्कि दो के तो फिर सही है तीसरे के तो माड़े हैं कपड़े भी एक तरह के खाना पीना भी एक तरह का रंग का नशिश बर्खास्त भी एक तरह की लिहाजा कोई फर्क नहीं हजरत अबू हुरारा कहते मैं लेके आया और जनाबी उम्र को जब मैंने कच्ची जमीन में तम समेट बैठे देखा तो मैं रोह पड़ा मैंने उस मिसर से आने वाले को कहा तू इसके जलवे देख अगर इसकी जात में इतना उसन है तो का मकाम क्या होगा ये गौर है महरम को लोग पकाएंगे ना नहीं, बोल दे, नहीं आ, न, न, न, न, न, दे प्रोग्राम बदलिया तो नहीं थे शुरू होयाट होने वाला क्यों दी पकड़िए ना, ना देखे दस महरम को इनशाला भी प्रोग्राम होगा तो दस रम को जो देग पकनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि यक़म और रम मुहर्रम कोजरतर के नाम की भी कोई पक जाए अगर इमाम में हुसैन के नाम की देगे पके तो जो इमाम हसन से प्यार करने वाले हैं जो इमाम हसन हुसैन से हम लोगों ने भी अजीब रट्टा अपनाया है ना हम लोग बाद का एक पहलू देखते है दूसरा नहीं देखते हजरत इमाम हसन और हुसैन को भी नबी पाक ने शहीद कहा जनाब उमर को भी रसूल ने खुद शहीद फरमाया फरमाया शहीद है खुद फरमाया अपनी जुबान से यह शहीद है खुद मेरा उम्र शहीद है तो उनके नाम की देख नहीं पकनी चाहिए उस तरफ नहीं हमारी तोनी चाहिए और अहले बैत नैत का प्यार छोड़ लो कान खोल के अहल बैत का प्यार अगर हमें किसी ने सिखाया है तो सैदनामर फारूक ने सिखाया है अहले बैत न की मोहब्बत अगर किसी ने सिखाई है तो किसी ने सिखाई है बोल के बताइए हजरत हजरत उम्र ने अहले बैत का प्यार हमें हजरत उमर ने बोल करके सिखाया है भाई याद रखे किसी की ताकत नहीं थी दम मारने की हजरत उम्र के सामने ताकत ही नहीं थी कैसरों केसरा काप जाते थे जरूरत ही नहीं करते थे हजरत और हमारे तो तलकात बड़े हैं ना गैरों से हजरत अबू मुसाशरी रदी अल्लाह फरमाते हैं, मेरा मुंशीसाई था वो कातिब कहते थे वो लोग मेरा हिसाब किताब ईसाई था तो फरमाते हैं एक दिन मैंने वो सारा हिसाब किताब लेन देन के हजरत उम्र को दिखाया तो फरमाने लगे जिसने लिखे हैं उसको बुलाओ कहने लगे जुरू मस्जिद नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता कहने लगे वो ईसाई है कहते हजरत उम्र जलाल में आ गए आप फरमाने लगे जिन्हें रब दूर करता है तुम क्यों करीब करते हो यानी अल्लाह दूर करता है फरमाया तुम गैरों को अगर दोगे तो अपनों का क्या बनेगा अगर तुम गैरों को तो दोनों दो तो का यह सोच है, जो आज के के लिए भी जरूरी है कहा अगर तुम गहरों को तो दो दोगे तो अपनों का हमने गहरों को तो दे तो देखा ना अपने किस तरह काटे जा रहे हैं गहरों को जोदे तो दे दिए जराने सारे गहरों से रोज दावा होता है चीन हमारा सज्जन है चीन हमारा दोस्त है ओ भाई दोस्त है तो उससे कहो ना के बर्मा तो तुम्हारी एक छोटी सी रियासत है चीन के बगैर तो वो सांस भी नहीं ले सकता उसको हम लोगों ने ऐसा काफर जो मुसलमान रियासत को कबूल करे बदमनी न फैलाए एक आदमी को आपने देखा आंखों से नीना है और फीक मांग रहा है तो हजरत उमर को नजर आ गया मैं यू दी हूँ फरमा भीख क्यूँ मांगती हो जब तक तंदरुस्त था मुसलमानों को जजिया देता था हो गया। क्या बिठाया और बिठा के मदीने लाए फरमाया वजीफा जारी करो का ये कौन है फरमाया ये युद्धी है लेकिन ये हमें जजिया देता रहा भूढ़ा हो गया बेचारा भीख मांगने पर मजबूर है हमारी हुकूमत के अंदर रहता है इसका पूरा पूरा वजीफा जितना खर्चा उतना वजीफा लगाओ हजरत अली कहते हैं वजीफा लगा रहा था और वो मेरे नबी का कलमा पढ़ रहा था वो रसोलह का कलमा पढ़ रहा था ये मिजाज ये नहीं, युमर ने गवर्नरों को लिखे थे किसी को नहीं करना जहाँ उनकी इबादत गाहें बनी हो गिरानी नहीं कोई मंदिर कोई गिरजा जाया नहीं करना इस्लाम सबको जीने का मौका देता है पर बेईमानो मो बदजातो तुम्हें यह कहता है कि हम तुम्हें जीने का मौका देते तुम भी मुसलमानों को जीने का मौका दो ये जहां बसते हैं जहां रहते हैं इन्हें वहां जीने का मौका दो इन्हें भी अल्लाह अकबर कहने का मौका दो इन्हें भी कुरान पढ़ने का मौका दो इन्हें भी रसूल्लाह पर दरूद पढ़ने का मौका दो हमारे मुल्क में ईसाई अपनी मर्जी से खुलेआम तबलीग करते हैं यहां तो चैनल चलाए हैं ईसानियों ने किसी मजहबी जमात ने कभी जुलूस निकाला किसानों का चैनल बंद करो बोले निकला है कि नहीं निकला कितने जुल्म की बात है हम जब गैर को इतना तहफुज देते इतना तहफुज देते हमने देखा है मुझे बीसियों लोगों ने ईद पे टेलीफोन किए के ईशानियों को कुर्बानी का गोश्त दे ले, मजबूर हैं जी दरवाजे पे आ गए हैं, हमारे कामकाज करते हैं बीसियों लोग आम आदमी के दिल में इनका इतना जज्बा है वो मसाइल का बयान करना एक अलहदाबाद लेकिन हमारे दिल काफर के हक में भी नरम हो जाते तुम किसका दर ज्यादा बेहमान हो और कुफर किसका दर ज्यादा जलील हो गया है मुसलमान के हक में नरम होता ही नहीं और उससे बड़े जलील वो हैं जो इन जलीलों के स्पोर्टर हैं वो किसी अरब मुलक के हुक्मरान हो या किसी और जगह वह बड़े जलील है जो इन जलीलों के स्पोर्टर हैं जो बर्मा की बचियों के कतल पर अपनी हुकूमतें चमका रहे हैं शर्म नहीं आती इस कदर मुसलमान तड़पा है लेकिन उन बेगैरतों को जरा होश नहीं आई और ये उनके कमाश उनके दलाल जो हर जगह उनकी स्पोर्ट करके अपनी हुकूमतें कायम करते हैं इन बेईमानों को पता नहीं के कब इन पर अल्लाह का अजाब उतरेगा और किस तरह इनके परखशे उड़ेंगे तुम्हें अपनी जिल्लत और रसवाई नजर नहीं आ रही कि जमीन किस तरह तुम्हारे लिए तंग हो गई है इससे ज्यादा और तुम्हारी रसवाई क्या होगी डर अल्लाह से और यह तो दुनिया का अजाब है इन बदशा रब्ला शदीद मेरा रब कहता है क्यामत तो कायम होने दे इतना सख्त तेरे रब की पकड़ है इतनी किसी दूसरे की हो सकती याद रखे और थोड़ा एहतियात करें हम सब लोग भी जो हम लोग आधी जुबान बोल के भी इनकी सपोर्ट करते अब शर्म आनी चाहिए हमें इन हुकूमतों की सपोर्ट करते जो मुसलमानों की लाशों के ऊपर कायम करते हैं शर्म आनी चाहिए बहरहाल बात दूर निकल जाएगी और मैं अपने मजमून पर रहता हूँ अहले बैत का प्यार अगर सिखाया है तो जनाब उमर ने सिखाया है रदी अल्लाह तमाम असन मिलने आप यकीन करें मैं जब इस वाक को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल झूम जाता है मैं कहता हूं यार डाटा होना अपनी जगह पे इश्क होना अपनी जगह पे इंसान का बावकार होना अपनी जगह जहां खड़े होना था वहां ये खड़े होते थे और जहां झुकना था वहां ये इन दो इन लोगों में इकबाल ने कहा था तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अकले की आबो जुस्त जू जु, इश्क हजूरो जहा अगर आया है सामने कैसरो उम्र जैसा दलेर कोई नहीं अगर सामने आया ईरान का बादशाह तमर तगड़ा कोई नहीं अगर आया है सामने गुस्सान का बादशाह तो उमर जैसा आदिल कोई नहीं लेकिन अगर अली का बेटा आया है अगर फातिमा के लाल पारे आए हैं तो फिर फारूक मुहिब कोई नहीं फिर उनसे जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं अंदर बैठे हैं जनाबे उमर अंदर तनाई में कुछ वजीरों से गुफ्तु हो रही है मीटिंगे जा रही है आपके बेटे मिलने आए जनाबे अब्दुल्ला इबने उमर अब्बा जी मिलने बात ठहरो बात कर रहा हूं कोई ना अंदर आए सब ज्यादा बाहर खड़ा है थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन भी आ गए कौन आए आपको मिलेगा इमाम साहब का नाम लेने से वो सरदार हैं जन्नतियों कौन आए सारे बोलिए इमाम हसन तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तू है ने नूर तेरा सब खरा इमाम हसन आए तो हजरत अब्दुल्लामर को दरवाजे पे खड़े देखा कहामोम इनका है कुछ मीटिंग हो रही है और उन्होंने कहा कोई अंदर ना आए लेकिन आप जाना चाहें तो चले जाए आप जाना चाहे तो तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर आप जाना चाहें तो चले जाए तो उन्होंने कहा जब आप बाहर खड़े हैं तो मुझे कोई इतना जरूरी काम नहीं और अभी जोर की नमाज थोड़ी देर में होगी मैं मस्जिद में मिल लूंगा आमिर उलमोमिन से ये बात कह के मामे हसन चले गए यार इतनी बड़ी बात नहीं थी इतनी बड़ी बात नहीं थी तो मेरे उस्तादों का बेटा भी आए तो कहा ठीक है जी वो सोए हुए हैं तो कोई वर्जी नहीं यार मैं ठहर के आ जाऊंगा कोई बड़ी बात नहीं थी देखा जाए तो बड़ी बात नहीं थी पर बात बहुत बड़ी थी इसलिए कि यह खाली हसन नहीं है हसन इबन अली है ये हजरत फातिमा के लखते जिगर हजरत उमर बाहर निकले अब्दुल्ला इबिन उमर से पूछा कोई आया तो नहीं तो कहाजूर इमाम हसन आए थे तो कहा शहदादे को अंदर क्यों नहीं भेजा का मैंने कहा था वो कहने लगे अगर अमीर उलमिन मसरूफ है तो मैं जोहर में मिल लूंगा हजरत उम्र रोने लगे फरमाया बेटे तुमने अच्छा नहीं किया फिर मस्जिद नहीं गए सीधे इमाम हसन के दरवाजे दस्तक दी इमाम हसन बाहर आए का शहदादे आए थे तो मिले क्यों नहीं तो इमाम हसन कहने लगे हजूर आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था आपका अपना बेटा दरवाजे पे खड़ा था और तो मना भी किया था आपने तो मैं जोर में मिल लेता हजरत इमाम हसन फरमाते हैं जोश जज़बात में जनाब उमर ने सर से पगड़ी उतार दी जोश जज़बात में कहने लगे हसन मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला क्या उसकी माँ का नाम फातमतारा है क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है क्या उसके नानी का नाम हमद मुस्तफा है आपका और उसका क्या मुकाबला फिर रो पड़े और कहने लगे बेटे मैं मक्के के सेराओं में ऊंट चराया करता था ये जो मेरे सर पर इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाने के उगाए हुए मैं मक्के के खबरदार शहजादे खबरदार ओ भाई एले बैत का रंग अगर सिखाया है तो सैदना उमर ने सिखाया है हजरत उम्र फारूक अथॉर्टी है इस्लाम की अथॉर्टी यकम मुहर्रम हजरत उम्र की शहादत है यहूदी बोल उठा काफिर बोल उठा अगर छ महीने उम्र दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद होता छ महीने और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा अल्लाह बुखारी पढ़िए ना अल्लाह मरजुक ना शहादत अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना शहादत की देना उम्र शहीद हुए मस्जिद नब्बी में नमाज पढ़ाते और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बचे वो मौला अली थे मौला मौलामर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली। और हजरत सारी दाढ़ी से भर गई लोगों ने कहा के अली क्या हुआ फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है पलट के देखो तो सही पता नहीं कौन गया है कजूर क्या हुआ और फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा कौन इसके जिगर रहा वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफ़ीक दे जिस तरह की उम्र करके गया मेरे भाई बतले अजीज बतले हयत हजरत उम्र रदी अल्लाह त जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए उम्र जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था 22 लाख मुरबा मील का हुक्मरान पर अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिल के मेरा कर्जा उतार दे मेरी कबर पर बोझ ना रहे और अगर खानदान वाले मदद ना करें तो मेरे दोस्तों से बात करना वो मदद न करें तो फिर अली से बात इनका प्यार आपस में इतना और तू इख्तलाब साबित कर रहा अस्सी दिनार का कर्जा छोड़ कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाति दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल ना करना हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल न हो इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उम्र फारूक का विशाल हुआ तो बेटे से कहने लगी अम्माइशा से जाके कहो मेरा भी नबी पा के रोजे में दफन होने को दिल करता है एक कबर की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है बुखारी या बुखारी हजरत आशाह के पास साहब ज्यादा गए ने लगे, अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है हालत बड़ी परेशानी वाली है वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दे सैयद आशाह रो पड़ी फरमाने लगी कि वो अपनी कबर की जगह तो नहीं ना किसी को देता पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया उसे कहो जाओ गुम्बद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफ़ा पे अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाएगा जाओ मैंने जगा दी